तो हम बात कर रहे हैं कि डेटा कैसे एक्सेल में हम इंपोर्ट करते हैं राइट तो हमारे पास गेट डेटा का ऑप्शन है डेटा तो इंपोर्ट करने का बेनिफिट क्या है हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं हम पेस्ट लिंक भी तो कर सकते हैं बट इसमें हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं मतलब कि हम डेटा को इंपोर्ट करने से पहले इसमें कुछ चीजें कर सकते हैं जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो ये सीधे आपका पावर क्यूरी में खुल गया पावर क्यूरी ओके पावर क्यूरी खुलने के बाद अब क्या हुआ कि यहाँ हम अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्वान्टिटी और एमआर है मैं चाहता हूं कि इनमें एक नया कॉलम अमाउंट का जुड़ जाए तो यहीं पे हम क्या करेंगे ऐड कॉलम में जाएंगे ऐड कॉलम में जाने के बाद कस्टम कॉलम और इस कस्टम कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा यहाँ पे डाल दीजिए अपने अमाउंट जो भी डालना है जिसमें डाल दीजिए अमाउंट और यहाँ अपना फॉर्मो लगा दीजिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बाय एमआरपी क्वांटिटी मल्टीप्लाई देखिए बाई एम आर पी क्वालिटी मल्टीप्लाई बाई एम आर पी अब देखिए एक नया कॉलन ऐड हो गया, गया। उसके अलावा चाहते हो कि नहीं कोई फिल्ट्रेशन लग जाए यहाँ फिल्ट्रे तो यहां से तो फिल्टर कर सकते हैं हालांकि पावरपुल आगे बात करेंगे लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूं कि डेटा को लोड करने का बेनिफिट क्या होता है अब देखिए यहाँ पे माउंट आगे एक फिल्टर डेटा आ गया ये चीजें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजें आपको लेटेस्ट डेटा आप में में नहीं दिखेगा सिस्टम नहीं दिखेगा तो उससे में हम लोग फॉर्म एक्सेस करते हैं और एक्सेस से देखते हैं, हैं तो फॉर्म वाइल में आप नोटपैड की फाइल आपकी जो तो नोटपैड की अगर कोई तो डेटा है तो नोटपैड की डेटा को भी आप आपसे कर सकते हैं या फिर आपका सीएसवी फाइल है सीएसवी फाइल को भी आप ले सकते हैं इसे इसको क्लिक करके ओपन किया इंपोर्ट तो सीएसवी फाइल से आप कॉमा सेपरेटेड है ठीक है हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए किया और यह हमारे पास पावर तो हर बार नहीं करना है। हम करेंगे अदरवाइज नॉर्मल है वो हम नॉर्मल लोड पे क्लिक करेंगे आपको इसमें अगर किसी पीडीएफ से अगर मान लो कि पीडीएफ में डेटा पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पी डी एफ पे क्लिक करें और यहां आप पीडीएफ से डेटा लेके आ सकते हैं ठीक है लेकिन पीडीएफ जो है स्कैन नहीं होना चाहिए अगर पीडीएफ और फैर स्कैन है तो डेटा सही से नहीं आएगा इसलिए पीडीएफ को प्लीज स्कैन मत रखिएगा अगर स्कैन है तो फिर नहीं आएगा Okay, उसके बाद ऐसे पे फोल्डर फोल्डर एक ला सकते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे कि किसी टेबल से या किसी इंटरनेट से आप इंटरनेट से कैसे डेटा लेके आ सकते हैं तो इंटरनेट से डेटा लाने के लिए आपको क्या करना होगा की एक बेट पेज आप पहले एक पेज फाइनल कर लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैंने गूगल पे, पे जाके हमने एक काम करता हूं यहां पे कुछ सर्च करता हूं और ये लिस्ट आ गई हमारी मुझे इसमें डेटा है मुझे एक्सल सीट पे चाहिए हमने लिंक को क्लिक किया और जो यहां पे लिंक था इस लिंक से मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड देन ओके आप कुछ देखिएगा कि इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं सारे टेबल्स आ जाएंगे और टेबल्स आने के बाद हम इसको आसानी से इसको सेलेक्ट करते एंड इसको हम लोड कर देते डेटा पूरा का पूरा डेटा आ ठीक है जी तो इंटरनेट से डेटा इस तरह से हम